हेलो फ्रेंड द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैड्रा क्रिन के बारे में है और ये उन लोगों के लिए है जैसे कोई नया ऑपरेटर बनना चाहते हैं या वो ऑलरेडी ऑपरेटर में है या ऑपरेटिंग करने के लिए सीख रहे हैं तो ये सब उन लोगों के लिए है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ कि हाइड्रा को हम कैसे ऑपरेट करेंगे हाइड्रा में हमें क्या सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए और हमें अगर कोई इंसिडेंट होने वाला है कोई हादसा होने वाला है उससे हमें कैसे बचना है और हमें उन सब चीज़ों पर क्या ध्यान देना चाहिए एक हैड्रा ऑपरेटर को तो ये हाइड्रा ऑपरेटर के लिए कंप्लीट वीडियो रहेगा और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ नॉलेज और एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा और वो एग्जांपल हमारा क्या रहेगा वो एक वीडियो रहेगा उस वीडियो को हमने काफ़ी बार देखा और काफ़ी बार देखने के बाद हमने सोचा कि ये आपको एक वीडियो के अंदर मैं आपको मैं बताऊँ कि इस वीडियो के अंदर उस बंदे ने क्या गलती किया जिसके वजह से वो इंसिडेंट हो गया और उसके अंदर जो और थोड़ा वो जो गलतियाँ था वो भी मैं आपको उसके अंदर डिस्कस करूँगा बस लास्ट वीडियो में आप ज़रूर देख के जाना तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हाइड्रा के बारे में हम पहले समझ लें कि हाइड्रा क्या है हाइड्रा जो आपको मटेरियल को लिफ्टिंग और शिफ्टिंग करने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जैसे प्लान वगैरह में यूज़ होते हैं या ऑयल एंड गैस के अंदर भी काफ़ी जगह पर यूज़ होते हैं जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी जगह पर यह हाइड्रा का यूज़ होता है और जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हम एक नॉर्मली समझते हैं कि मटेरियल को पकड़े और बांधे और शिफ्टिंग कर दिए मेरे हिसाब से जो भी मटेरियल को हम जब शिफ्टिंग करते हैं वो बहुत कैटिकल लिफ्टिंग होता है बहुत कैटिकल वो शिफ्टिंग भी होता है तो मेरा ये कहना है क्योंकि जब हम कैटिकल लिफ्टिंग करते हैं तो हमें रीगर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑपरेटर को ध्यान देना चाहिए ऑपरेटिंग के दौरान जो हम लोग रिंगिंग एक्टिविटी में करते हैं जैसे हमने हमें ऑपरेटर को क्या एक ध्यान देना है जैसे लोड चार्ट कैपेसिटी या आपके जो डायग्राम जो केबिन में होता है उस डाइग्राम का सबसे ज़्यादा जानकारी होना चाहिए और उसके बाद ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में अगर हम बात करें तो आपको सारा कंपोनेंट आपको पूरा चेक करना चाहिए सुबह मॉर्निंग में एक चेक लिस्ट फिल करना चाहिए अगर आप उसके अंदर कुछ भी इफ़ेक्ट पाते हो तो उसको मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म करना चाहिए तो इस तरीके से सारा एक शेड्यूल होता है इस तरीके से प्रोसेस होता है तो आप अगर इस तरीके से करते हैं जैसे एक और जो चीज़ है जैसे हम लोग एस सेफ़ लोड इंडिकेटर सेफ लोड इंडिकेटर सबसे महत्वपूर्ण है आप उसको चेक करें क्योंकि पूरा हाइड्रा का जो सिस्टम है वो इसी के ऊपर डिपेंड है इस लाइक के ऊपर सेफ लोड इंडिकेटर सेफ़ लोड इंडिकेटर में आपको लोड चार्ट का पूरा कैपेसिटी का एक डिटेल्स होगा उसके अंदर जो क्या क्या होता है जैसे हैवी ड्यूटी पहला फर्स्ट होता है हेवी ड्यूटी मीन्स जो हाइड्रा में जो हुते हैं एक दो तीन चार पांच ऐसा जो हुक होते हैं जो बूम के अंदर उसको हैवी ड्यूटी बोला जाता है उसके अंदर कितना है तो उस तरीके से उसके अंदर डिस्प्ले होगा उसके बाद बूम एंगल कितना है वो भी चीज़ उसमें डिस्प्ले होगा उसके बाद बूम लेंथ कितना है बूम रेडियस कितना है नंबर ऑफ फॉल्स कितना है जो हुक के अंदर जो फॉल्स होता है वो भी फॉल्स भी शो करता है उसके अंदर और उसके बाद लोड चार्ट कपासिटी आपका कितना बन रहा है एस डब्ल्यू और उसके बाद आप कितना वेट उठा सकते हैं वो चीज़ आपको डिस्प्ले में शो होता है लेकिन ये चीज़ तो हमने एक जानकारी ले लिया कि उसके अंदर केबिन के अंदर इस तरीके से फंक्शन वग़ैरह काम करता है और ऑपरेटर को ये चीज़ करना चाहिए और ऑपरेटर को एक और जो चीज़ है वो नहीं करना चाहिए जैसे चलाने के दौरान में कभी भी राइडिंग ऑपरेटर को नहीं करना चाहिए जो भी हाइड्रा ऑपरेटर है उसको कभी भी राइडिंग नहीं करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि छोटा मटेरियल को लेकर और वो बहुत स्पीड में जाते हैं उसके बाद जो सेकंड जो गलती जो देखा गया है जब रात में जब हम लोग छुट्टी पर जाते हैं तो हाइड्रा को बहुत फास्ट भगाने का कोशिश करते हैं तो इस तरीके से हमें कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ईजिली आराम से हमें जाना चाहिए क्योंकि एक हैवी इक्वमेंट है क्योंकि एक हैवी मशीनरी आप चला रहे हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करना पड़ेगा उसके बाद आपने जो सबसे बड़ा जो गलती करते हैं हम लोग इस लाइफ को बाईपास करते हैं या इस लाइफ को कट ऑफ कर देते हैं या हम कहीं लोकल में काम करते हैं वहां पर इस लाइफ का यूज़ ही नहीं करते हैं तो ये हम सबसे बड़ा कहीं ना कहीं गलती में है तो आई है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से अगर आप एक ऑपरेटिंग करते हो या कर रहे हो तो आपको कभी भी इस तरीके का गलती आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका जान आपका जो जो सेफ्टी है इसी में आपको पावर मिलेगा आपको इसी में बूस्ट मिलेगा क्योंकि वो आपको पूरा जानकारी देते रहता है इसलाई में अगर आप कोई लोड उठाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर एस डब्ल्यू एल आपका लोड चार्ट पाँच टन बन रहा है अगर पाँच टन से आप ओवर उठाएँगे तो आपका थोड़ा सा औरज होगा पहला फर्स्ट ऑरेंज होने के बाद ग्रीन पहला ग्रीन होता है ग्रीन से फिर ऑरेंज ऑरेंज से फिर वो रेड में चला जाता है जब वो रेड में भी और भी बाईपास हो जाता है रेड से भी और आगे जाता है तो स्लाई कट ऑफ हो जाता है पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो उसमें वो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं कि एक बटन बाईपास होता है वो बाईपास को बटन दबा वो पूरा सिस्टम को काम करते हैं लेकिन ऑपरेटर इसमें और परेशान हो जाते इन चीज़ों को करने से और मज़े से करते हैं जब वो कट ऑफ करते करते सोचते मुझे अब कंटिन्यू करना है तो उन लोग क्या करते हैं कभी भी वो जो आपका जो जैसे हम लोग अभी बाईपास कर रहे थे बाईपास करने से हम जब परेशान हो जाते हैं तो उसको पूरा कट ऑफ ही कर देते हैं या उसका वायर निकाल देते हैं या ऐसा ऐसा स्विच बटन होता है तो स्विच बटन को भी ऑफ कर देते हैं तो हम लोग ये सबसे बड़ा गलती करते हैं आप अगर एक ऑपरेटर हो या आप मोबाइल किरण ऑपरेटर हो या आप टावर किरेन ऑपरेटर हो या हाइड्रा ऑपरेटर हो कोई भी ऑपरेटर हो ये वीडियो खाली हाइड्रा ऑपरेटर के लिए है क्योंकि मैं समझा कि आपको एक अच्छा एक एक, एक अच्छा एक आपको मैं बात बताऊँ एक टॉपिक बताऊँ जिससे आप अपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे अगर हम लोड जैसे हम लोग इसलाई को लोड उठाने से पह, लोड उठा रहे और हम उसको बाईपास कर देंगे तो उसमें हमारा क्या होगा अब क्या होगा क्योंकि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है अब क्या होगा अब आपको देखना है कि अब हम हमें साथ हमारे साथ क्या होगा तो जैसा आप ये वीडियो में आप देख रहे हैं अभी मैं आपको एक वीडियो देखा रहा हूँ जैसा आप ये वीडियो देख रहे ये हाइड्रा है हाइड्रा लिफ्टिंग कर रहा है ये कौन सा क्या है ओवर हेड क्रेन है या गेंट्री क्रेन इसको दो तीन नाम से बोला जाता है ओवरहेड हेड क्रेन गेंट्री क्रेन और यूटी यूटी क्रेन तो इस तरीके से जब इसको कर रहा है लिफ्टिंग तो ये देखो कितना बाईपास किया हुआ है ये मैं, मैंने काफ़ी इसमें देखा दो तीन गलतियां हैं जैसे पहला फर्ज इसमें बाईपास किया हुआ है और ये जैसा जब तक ये बूम इसका ऊपर था जब तक ये हाइड्रा इस्टेबल था अपने ज़मीन पर जैसी उसने थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा सा ऐसा किया और करने के बाद खाली फाइव से टेन परसेंट बूम थोड़ा सा ऐसा नीचे गया है खाली खाली फाइव से टेन परसेंट बूम थोड़ा सा डाउन हुआ है जिसके वजह से कोलाप्स हो गया है जिसके वजह से गिर गया है तो ये हाइड्रा गिरने का यही फोकस है इसमें गलती किसका है एक तो ऑपरेटर का गलती है दूसरा उसके साथ जितने रीगर है उसके साथ जितने रोप मैन है, है जैसा जो सिग्नल मैन है रोप मैन है इन सब इन सब लोगों का गलती है गलती क्या है सबसे पहले ऑपरेटर ने अपना लोड कैपेसिटी पता नहीं किया उसके बाद एसलाई उसके अंदर नहीं है बाईपास है एसलाई सेफ लोड इंडिकेटर जो इक्वमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट होता है वो चीज़ उस, उस, उसके अंदर नहीं है उसके बाद आप देख रहे हैं जैसा रीगर को ये रोब पकड़ के किस तरीके से वो घींच रहा है इस तरफ घींच रहा है जो क्रॉस होने के बाद वो बूम में स्ट्रक्चर में लग रहा है और उसके बाद कोई भी प्रॉपर सिग्नल नहीं कर रहा है कोई भी प्रॉपर गाइड इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहा है जिसे आप देख रहे हैं तो ये वीडियो दिखाने का आपको यही मतलब है कि आपको भी इस तरीके से गलती नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो जो इतना लंबा बनता है आप हमारे चैनल को देखते हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो शेयर करते हो आप कुछ ना कुछ देखकर आते हो जब आपको एक कोई अच्छा चीज़ आपको मिले तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें क्योंकि लाइक और शेयर करने से हमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलता है और अगर आपको एक शॉर्ट चैनल देखना है जैसे लिफ्टिंग रिलेटेड में जैसे हाइड्रा इंस्पेक्शन में करते रहता हूँ और किरन लिफ्टिंग एक्टिविटी जो भी है वो जो भी साइड पर करते रहता हूँ तो कुछ शॉर्ट वीडियो का मैंने एक चैनल बनाया है जो चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से जाके आप उस चैनल को क्लिक करें और उसका भी एक मेंबर आप बन जाए ताकि आपको उसके अंदर शॉर्ट वीडियो देखने का मज़ा मिले और शॉर्ट वीडियो देखने का आपको नॉलेज मिले किस तरीके से हम हाइड्रा का इंस्पेक्शन करते हैं किस तरीके से हम वायर चेक करते हैं हुक चेक करते हैं तो सारा कुछ प्रोसेस आपको मालूम पड़ जाएगा उसके अंदर छोटा छोटा एक वीडियो है क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो वीडियो को उस चैनल को जा आप देख सकते हैं जिसका चैनल का नाम है टेक्निकल एब्रोड टेक्निकल एब्रोड ये हमारा ही चैनल है और अब उसको सपोर्ट करें क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा शॉर्ट टाइम में शॉर्ट पीरियड में आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा तो आई होप ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जय हिंद